भाई क्या आप लोग मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो चला जाए जाए फिर शुरू करा डर तो मुझे भी लगा फासला देखकर डर तो मुझे भी लगा फासला देखकर पर मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर पर मैं आगे बढ़ता गया रास्ता देखकर मेरी मंजिल खुद ब खुद मेरे पास आती गई मेरी मंजिल खुद ब खुद मेरे पास आती गई मेरा हौसला देखकर नमस्कार साथियों मैं राजकुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार पी स्टडी में तो साथियों अगर आप भी कुछ पाना चाहते हैं कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है क्योंकि ये टाइम जो है ना दोबारा नहीं आता हम्म आगे बढ़ा जाए कुछ भी आपका सवाल है तो आप कमेंट करिए चला जाए आगे बढ़ा जाए फ तिवारी जी कमेंट आ रहा है आपका पूनम जी आपका भी कमेंट आ रहा प्रियंका मनोज सबका कमेंट आ रहा है जिनकी क्लास नहीं चल रही दी गई लिंक पर क्लिक करें तुरंत चलने लगेगा ठीक है तो डन ओके देखिए छात्रों आपको स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है बताओ दिख रहा ना भाई ये बहुत ही मस्त क्लास होने वाली बहुत ही अलग क्लास होने वाली आज आज आपकी पहली क्लाफ है डीएलएड वालों के लिए ऐसा मान लो फर्स्ट सेमेस्टर दो जितने भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में आएंगे सब इसी में से आएंगे इसमें से अलग कुछ नहीं आएगा क्योंकि जो भी सिलेबस है वो सब हम लोग गणित की शुरुआत होती है अंक से कहा से होती है अंक से है ना आज आपकी लाइव नंबर दो है फर्स्ट क्लास में सिर्फ सिलेबस हुआ था बस बाकी कोई पढ़ाई नहीं हुई थी पहली क्लास में तो पढ़ाई तो आज से ही शुरू होगी ठीक है First semester. Done. तो अगर हम बात करें पहले चैप्टर की साथियों तो मैंने आपको पहला चैप्टर दिखाया था कल की क्लास में पहला चैप्टर का नाम है संख्याओं हम के साथ खेलना कुल मिला के संख्या के बारे में ही है एक प्रकार से नंबर सिस्टम है ना तो नंबर सिस्टम की बेसिक बेसिक कुछ आधारभूत चीजें हैं पहले चैप्टर में जिनके बारे में हम बहुत ही गहराई से पढ़ने वाले हैं बस कुछ साथी हमारे आ जाए जिनका हम वेट कर रहे हैं उसके बाद फिर हम लोग बिंदास पढ़ेंगे कोई बिना टेंशन के सबसे पहला इसमें टॉपिक है अंक किसे कहते हैं देखो अंक किसे कहते हैं आपको पता है कि नहीं पता है अंक आपने सुना होगा अक्सर ये सुना पड़ता है कहीं ना कहीं हुं? आवाज आ रही ना हमारी कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना क्यों भाई वॉइस तो क्लियर है ना सभी बोलो हाँ सब कुछ मस्त है ना क्यों हाँ तो बात करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है चैप्टर का नाम है संख्या तथा संख्यांक का बोध क्या नाम है अध्याय वन अध्याय वन का क्या नाम है संख्या तथा संख्यांक का बोध ठीक है संख्यांक का बोध मतलब संख्या और संख्या के अंकों के बारे में ही पढ़ना इसमें और कुछ है नहीं तो साथियों सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे हम्म क्या पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग सबसे पहले संख्या की अगर हम बात करें गणित की तो शुरुआत होती है अंक से अंक के बारे में आप लोग जानते हो कि नहीं मुझे ये बताओ पहले अंक से ही मैथमेटिक्स की शुरुआत होती है अंक के बिना कुछ भी नहीं तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है है ना तू जो नहीं है का मतलब अंक जो नहीं है तो मैथ में कुछ नहीं है तो कुछ लोग सोच रहे होंगे हम तो गाने भी लगे अरे वैसे थोड़ा चिल्ला लिया अलग बात है आता नहीं अंक क्या होता है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ऐसे चिन्ह जो संख्याओं को लिखने के काम आता है एक प्रकार का ये क्या सिंबल होता है चिन्ह होता है जो संख्याओं के लिखने के काम आता है वो क्या कहलाता है अंक कहलाता है ठीक है और ये अंक कौन कौन से है अंक कौन कौन से है भाई देखो आपके स्क्रीन पे दिख रहे ना आपको क्लियरली जैसा कि आपको इसमें स्पष्ट हो रहा होगा जीरो फोर वगैरह वगैरह तक होते हैं मैं कुछ चीजें आपको दिखाना चाहता था और लेकिन यहाँ पे टाइपिंग नहीं हुई है तो मैं वैसे ही बता देता हूं आपको फिलहाल इंग्लिश में डिजिट आर सिंगल सिंबल्स मुझे वैसे इंग्लिश नहीं आती हिंदी में ही मैं पढ़ाऊंगा लेकिन कुछ चीजें इंग्लिश में बोल रहा हूँ जिससे लोगों को अच्छे समझ में आए डिजिट आर सिंगल सिंबल्स यूज टू यूज टू जेंट नंबर्स रिप्रजेंट नंबर्स इन मैथ्स मतलब डिजिट क्या है एक सिंगल सिंबल है डिजिट आर हा? डिजिट आर जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं उन्हें मालूम होगा इजेमआर कहा लगता है क्योंकि डिजिट एक से अधिक होते हैं है ना नौ तक होते हैं जीरो से नौ तक लेकिन उनकी टोटल संख्या 10 होती है किस में? संख्या पद्धति में ये बात भी आपको याद रखना है कि संख्या पद्धति में डिजिट कितने होते हैं दस होते हैं एक बाइनरी नंबर सिस्टम होता है दो संख्या, संख्या नाइन तक ठीक है तो आप ये समझ गए ज्यादा टाइम भी हमें नहीं बिताना है ठीक है आपने यहां तिवारी इंग्लिश सेंटर भाई इनको क्या दिक्कत है देख लो भाई कमेंट वगैरा चलो अंक तो आप समझ गए दूसरा है साथियों संख्या वैसे इसकी कहीं परिभाषा लिखने को नहीं आता है कि कहीं आपसे कोई पूछेगा कहीं लिखना पड़ेगा नहीं लेकिन हाँ चीजें हम लोगों को आनी चाहिए बस इतना ही कोशिश है नंबर क्या है आपने देखा होगा अक्सर जैसे यहां पर लिखा है वन सेवन तो ये क्या है अंक है कि संख्या ये बताओ अगर यहां पर ये यह फाइव लिखा है तो क्या है अगर हम मैथमेटिक्स में डी में जाए डिटेल में जाए मतलब समझ रहे हो तो जो फाइव लिखा है वो क्या है अंक है क्या है वो अंक है लेकिन जो वन सेवन लिखा है वो क्या है वन सेवन सेवनटीन एक प्रकार की संख्या है लेकिन आप कहोगे कि गुरुजी जी संख्या पांच को भी तो संख्या बोलते हैं प्राकृतिक संख्या होती है क्योंकि ऐसा अच्छा कहोगे भाई एक को लोग प्राकृतिक संख्या में गिनते हैं तो वहां तो एक को संख्या बोलते हैं आप तो यहाँ पे अंक बोल रहे हो तो देखो भैया बोल चाल की भाषा ना अलग होती है ठीक है जैसे आपने सुना होगा कोई चीज खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि पैसा लेके आए हो कि नहीं सुने हो ना लोग बोलते हैं ना सुने हो बाजार गए हो मेला गए हो शादी परिजन में गयो भाई पैसा लिए कि नहीं क्योंकि पैसा हम लोग कहीं नहीं देते हैं बोलो देते हैं कहीं नहीं ना हम लोग पैसा नहीं देते हम लोग रुपया देते हैं लेकिन लोग बोलते पैसा है ना कहते ना क्लास के लिए पैसा लगेगा फ्री है पैसा नहीं लगता है रुपया लगता है क्योंकि अगर पैसा लगता तो हम अस्सी पैसा आपसे लेते सत्तर पैसा आपसे लेते तब हम कहते कहा पैसा है लेकिन अगर वो सौ पैसा से अधिक हो गए रुपया हम बदल गया समझ रहे हो ना तो बोल चाल की भाषा अलग है मुझे लग रहा थोड़ा बहुत बफरिंग कर रहा है कुछ हम्म थोड़ा बहुत बफरिंग कर रहा है कुछ फंस रहा है क्या क्यों चल रहा है ना हिल डोल रहा है कि नहीं तो ये बातें अलग है ठीक है लेकिन अगर हम डिटेल में चलेंगे रूल में तो जो सिंगल सिंबल होगा जैसे जीरो से लेके नाइन तक अगर कहीं वो अकेला लिखा है तो वो अंक है लेकिन अगर दो है एक साथ कोई भी अंक दो एक है एक साथ है जैसे 1717 हो गया तो ये एक संख्या हो गई ये क्या हो गया एक संख्या हो गया पूरा पूरा ठीक है ये क्या है एक अंक है यहां पे बगल में मैंने 6 लिखा ये भी क्या है एक अंक है लेकिन अगर मैंने दोनों को एक में मिला दिया 56 हो गया तो ये क्या है एक संख्या हो गई यानी हम कह सकते हैं दो या दो से अधिक संख्याओं के समूह को क्या कहते हैं सॉरी दो या दो से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं दो दो या दो से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं समझ गए ना आप लोग मेरी बातों को क्लियर हो रही ना थोड़ा बहुत वीडियो फंस रहा होगा परेशान नहीं होना बिल्कुल भी परेशान नहीं होना सब अच्छा चलेगा ठीक है तो ये बातें हैं जो आप समझ गए आगे बढ़ा जाए सिस्टम थोड़ा हैंग कर रहा मुझे लग रहा है भाई थोड़ा सिस्टम हैंग कर रहा जाना नहीं कहीं हाँ चलो आगे बढ़ते हैं तो ये अंक हो गया संख्या हो गई अंक को एक और परिभाषा से देखा जा सकता है जैसे नीचे आप देखो लिखा है जीरो वन टू थ्री डाट डाट डाट नाइन इनको क्या बोलते हैं ये मिलकर के क्या बनती हैं अंक कहते हैं इन्हें ये अंक जो हैं कुल मिला के संख्या पद्धति में दशमलव संख्या में दस होते हैं दशमलव संख्या ने इसे क्या बोलेंगे हाँ दशमलव संख्या पद्धति बोलते हैं ना जो हम लोग पढ़ते हैं जिंदगी भर वो दसम्लो संख्या पद्धति ही पढ़ते हैं एक होती है दुई संख्या पद्धति जो कंप्यूटर वाली लैंग्वेज होती है उसमें छात्रों क्या होता है पता है आपको उसमें सिर्फ दो अंक होते हैं उसके बारे में आगे हम आपको पढ़ाएंगे इसमें अभी सिलेबस में नहीं है तो संख्या पद्धति में सिर्फ जीरो और वन होता है केवल दो अंक होता है लेकिन जो संख्या पद्धति हम लोग दैनिक जीवन में पढ़ते हैं यूज करते हैं उसमें दस अंक होता है दस अंक कौन-कौन सा? जीरो से लेकर के नाइन तक तो ये आप समझ गए संख्या क्या होती है संख्या क्या होती भाई हु? समझ गए कि नहीं दो या दो से अधिक, अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं दो या दो से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं तो ये अंक और संख्या हो गया इसके बाद हम पढ़ते हैं संख्या के प्रकार में संख्या के प्रकार में हम आपको कुछ डिटेल दिखाएंगे आ, वैसे हमारे पास ये बना नहीं है नहीं तो मैं दिखा देता ध्यान देना इधर साइड देखो भाई संख्या के प्रकार में कुछ डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है आप लोग सभी रेडी होना रेडी होना सभी तो चलो आ, पेज खोल लीजिए और आ, अपना पेन ऑन ओपन करिए चलिए आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं बनाइए कलम संख्या के प्रकार क्या लिखेंगे आप संख्या के प्रकार अब हम कुछ डिटेल में आगे बढ़ेंगे ठीक है प्यारे साथियों संख्या के प्रकार में क्या पढ़ने वाले हैं आप जानते हो संख्या के प्रकार में मुख्य रूप से संख्या सिर्फ दो प्रकार की होती है कौन कौन दो प्रकार की मतलब संख्या का जो जन्म हुआ था ना तो इनके दो ही भाई हुए थे मतलब एक वास्तविक संख्या थी एक कौन सी थी काल्पनिक संख्या थी तैयार हो ना सभी चलो क्या लिखोगे संख्या के प्रकार अब स्नेहा तिवारी जी कमेंट आपका आ रहा है नोटिफिकेशन ने नहीं दिया है बच्चे का मैं मुझे पता है लेकिन आप लोग क्लास को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे ये आपने प्रॉमिस किया था पहले ही अगर आप लाइक शेयर नहीं करेंगे तो हो सकता आगे दिक्कत हो जाए हम्म इसमें आप पढ़ेंगे संख्या के प्रकार में मुख्य रूप से ये दो ही होती है एक होती है भाई वास्तविक संख्या क्या होती है वास्तविक संख्या होती है एक होती है काल्पनिक संख्या ठीक है डन तो आप लिखो एक वास्तविक संख्या एक क्या लिखोगे काल्पनिक संख्या एक वास्तविक संख्या लिखोगे एक क्या लिखोगे काल्पनिक संख्या देखो वास्तविक संख्या आपको दिख रहा है स्क्रीन पर ये क्या है काल्पनिक संख्या देखिए समझते चलिएगा काल्पनिक संख्या को साथ ही बोलते हैं क्या इमेजनरी नंबर क्या बोलते हैं इमेजनरी स्पेलिंग बड़ा अजीब टाइप की है इंग्लिश वाली इमेज लिखोगे फिर आई एन आर वाई लिखो ऐसे आ, इमेजनरी नंबर यानी काल्पनिक संख्याएं ठीक है और इसे क्या बोलते हैं रियल नंबर क्या बोलते हैं इसे रियल नंबर यानी जो संख्या का प्रकार है मुख्य रूप से दो प्रकार होता है एक वास्तविक होता, होता, होता है क्या होता है काल्पनिक होता है क्या होता है वास्तविक और काल्पनिक होता है साथियों जो वास्तविक संख्या है उसकी शादी ब्याह हो जाता है उसके लड़के बच्चे होते हैं समझ रहे हो इतने होते हैं दो होते हैं हम दो हमारे दो और वो दो बच्चों का नाम क्या है एक का परमीय संख्या एक अपरमीय संख्या लेकिन ये साधु हो गए इनकी शादी ब्याह नहीं हुई इनके कोई लड़का बच्चा नहीं हुआ तो हम लोग मानेंगे कि इनका कोई नहीं है जैसे बोलते हैं देसी बांस निर्बसिया है समझे इनका यहीं परिवार खत्म हो जाएगा इसके आगे इनका कुछ नहीं बढ़ने वाला है लेकिन इसमें बढ़ेगा इनका वंश जो है आगे चलेगा कहा तक जाएगा पता है देखते हैं कहा तक जाता है ये क्या है आप यहां पर लिखोगे परमीय संख्या और ये क्या अपरमीय संख्या इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं जानते हो रेफनल नंबर बोलते हैं यहां तक बना लो फटाफट क्या बोलते हैं भैया रेफनल नंबर इसे क्या बोलते हैं नंबर समझते चलिए बहुत ही प्यार से बहुत डिटेल में मैं बता रहा हूँ जिनको बेसिक सीखना है ना उनके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट है धर्मेंद्र सिंह यादव बेटा पढ़ाई करना है तो कर लो धर्मेंद्र सिंह अन्यथा यहाँ पर ब्लॉक कर दिया जाता है चुप इससे कोई जानता भी नहीं है ठीक है या तो पढ़ लो यहाँ पे जो तुम जिस उम्मीद से आए हो ना वो नहीं होता है ना ना ना बिल्कुल नहीं होता है तुम यहां से चले जाओगे अभी थोड़ा देर में पढ़ लो इतना लिख लीजिए मैं मिटाऊं इसको लिख लीजिए मैं मिटाऊं मैंने कहा ना संख्या मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है एक वास्तविक होती है एक काल्पनिक होती है वास्तविक का मतलब जिसे हम लोग पूरी जिंदगी पढ़ते हैं पूरी जिंदगी यूज करते हैं काल्पनिक के बारे में लोग जानते भी नहीं है काल्पनिक मतलब ऐसे जैसे हम लोग छोटे होते हैं तो कल्पना करते हैं बड़े हो करके हम राष्ट्रपति बनेंगे हम्म छोटे होते हैं तो कहता नहीं बेटा तू इंजीनियर बनेगा डॉक्टर बनेगा माता कहती है लेकिन बड़ा होता है तो क्या होता है यूपीटेट की परीक्षा के लिए लखनऊ में धरना प्रदर्शन होता लाठी पड़ती है मार पड़ती है फुहारा पड़ता है खोपड़ी फूटती है सफल तैयारी करने के बाद पता चलता है की राष्ट्रपति का तो सपना छूट गया, है ना? तो वो क्या थी एक कल्पना थी जिसका कुछ नहीं था तो ये समझ गए वास्तविक और काल्पनिक अब वास्तविक संख्या का मैंने बताया इनकी फैमिली आगे बढ़ती है इनकी शादी ब्याह हो जाता है इनके दो बच्चे होते हैं वास्तविक के कौन कौन एक परमीय होता एक है एक अपरमीय जिसे रेफनल और इेफनल नंबर कहा जाता है लेकिन काल्पनिक संख्या का कुछ नहीं होता एक कल्पना में ही रह जाता है इसके आगे कोई विकाफ नहीं होता अब हम पढ़ेंगे परमीय और अपरमीय यहाँ पर अपरमीय संख्या का क्या होगा भाई अपरमीय संख्या का कोई नहीं है नहीं अपरमीय संख्या का कोई नहीं है परमीय संख्या की फैमिली आगे बढ़ती है आप लोगों में जगह होगी तो आप इसे मिटाना नहीं नीचे बनाते जाना हमारे में जगह नहीं इस वजह से मैं हम इसको मिटा रहे हा ठीक है परमीय संख्या में नीचे बढ़ा लेना आप लोग जगह होगी ठीक है ना भाई हम्म आप लोगों में जगह होगी तो परमीय संख्या में नीचे बढ़ा लेना भाई धर्मेंद्र को ब्लॉक करिए सर पांच मिनट के लिए धर्मेंद्र को पांच मिनट के लिए ब्लॉक करिए हटाइए इनको बिल्कुल तुरंत हटाइए तो अपरमीय संख्या का कोई प्रकार नहीं होता है संख्या यानी संख्यालय नंबर इनकी फैमिली आगे बढ़ती है ठीक है इनकी फैमिली क्या होती है आगे बढ़ती है। और कितने प्रकार होते हैं इनके इनके कई ओ बैठवा होते भाई लॉकडाउन का असर है इनके ऊपर देखो इधर समझो चलो कितने प्रकार चलिए देखिए इसमें बहुत जो भी आप लोग पढ़ोगे लगभग बहुत सारी चीजें हैं फिलहाल हम थोड़ी ही पढ़ेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है बीटीसी टी फर्स्ट सेमेस्टर वालों के ठीक है इनमें क्या होगा सबसे पहला प्राकृतिक संख्या प्राकृतिक संख्या जिसे हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं क्या बोलते हैं नेचुरल नंबर दूसरा होता है पूर्ण संख्या हम तीन ही बात करेंगे बस उससे ज्यादा नहीं इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर ठीक है क्लियर ये क्या लिखा पूर्ण अरे वो पूर्णांक वाला रहा है चुर्की वाला हम्म ठीक है मनीष पांडे हाँ मनीष जी बिल्कुल पहली क्लास है मान के चलो वैसे है तो लाइव दूसरा क्योंकि पहले में हम सिलेबस डिस्कस किए थे लेकिन पढ़ाई वाली पहली क्लास है सक्षम जी आपका भी कमेंट आ रहा है मनीषा जी आपका भी कमेंट आ रहा है और कादिर खान सबका कमेंट आ रहा है लेकिन हमें पढ़ाना है तो हम कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे सबका ना ये मुसीबत है भाई बाबू तो ये मत सोचो कि मैं सबका नाम ही बोलूँ देख रहा हूँ मैं सबका माउस काम नहीं कर रहा है मुझे लग रहा है या फिर ये सिस्टम है नहीं काम कर रहा है कुछ तो गड़बड़ है चलो ठीक है तो अगला इसमें क्या है एक और भी पार्ट है मैंने कहा ना इनके तीन बच्चे होते हैं इनके तीन बच्चे होते हैं एक होता है पुड़ांग जिसे इंटीजर बोलते हैं हा? क्या बोलते हैं इंटीजर पुड़ांग संख्या यानी इंटीजर नंबर ठीक है हो गया ये क्या होते हैं इनके तीन टाइप होते हैं बाबू क्या होते हैं ये सब इनके टाइप होते हैं इनके प्रकार होते हैं किसके परिमेय संख्या के लेकिन अपरिमेय संख्या का कोई प्रकार नहीं होता है अपरमीय संख्या में हम कोई ऐसा टाइप नहीं होता जिसे हम यहाँ एक्सप्लेन कर सकें समझ गए ना आप लोग मेरी बात चले आगे चलो ठीक है डन आज सिस्टम कुछ हैंग कर रहा है इसकी भी कुछ गड़बड़ हो रही क्योंकि बहुत यूज हुआ दिन भर ये बहुत एडिटिंग वगैरह हुआ है ये काफी थक गया बेचारा अब चलो प्राकृतिक संख्या के बारे में हम बात करेंगे इस स्क्रीन पर आपको दिखाएंगे आप ध्यान से देखना एक एक के बारे में जितना पढ़े हो सबसे पहले मैंने आपको वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ाया तो वास्तविक संख्या क्या होती है स्क्रीन पर देखो वास्तविक संख्या क्या है स्क्रीन पे देखिए और मुझे बताइए समझ रहे हो कुछ कि नहीं इसमें से हम संख्या और अपरमीय संख्या के समूह को सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्या के नाम से जाना जाता है भाई अभी मैंने क्या पढ़ाया था आपको ऐसे ही कुछ तो पढ़ाया था ना ऐसे ही कुछ तो पढ़ाया था ना पढ़ाया था कि वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं मैंने यही पढ़ाया था एक परमीय एक अपरमीय तो आप इसकी परिभाषा जान लो वास्तविक संख्या की कि परमीय और संख्या के सम्मिलित रूप को ही वास्तविक संख्या कहते हैं यानी ऐसे जान लो कि वास्तविक संख्या जो है वो परमीय और अपरमीय संख्या से ही मिलकर बनी है परमी अपरमीय के अलावा वास्तविक संख्या कुछ भी नहीं है ना तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है ये माना की महफिल है, है ना ऐसे ही कुछ है ना तो बस वैसे ही संख्या और अपरमीय मिलके क्या बनती वास्तविक संख्या इसके बारे में आप समझ गए टाइटल आपने डाला होगा पहले मैं दिखाया हूं सारा अभी तक उसके बाद साथियों हमें पढ़ना चाहिए परमीय संख्या के बारे में ना क्योंकि पहले संख्या का प्रकार शुरू करते हैं तो हम लोग वास्तविक पढ़ते हैं है? वास्तविक पढ़ते हैं फिर काल्पनिक पढ़ते हैं यही पढ़ते हैं ना कि संख्या के दो प्रकार होते हैं एक वास्तविक एक काल्पनिक फिर वास्तविक संख्या के दो प्रकार होते हैं कौन एक परमीय एक अपरमीय तो हम वास्तविक संख्या समझ लिए अब हम समझेंगे क्या परमीय संख्या क्या होती है ना परमीय संख्या स्क्रीन पर देखिए समझिए और कोशिश करिए मैं बताता हूं परमीय संख्या एक ऐसी संख्या होती है जिसे हम भिन्न के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं यानी p के रूप में लिख सकते हैं ठीक है मनीष पांडे जी सोमवार मंगलवार बुधवार बाबू ठीक है सप्ताह में तीन दिन सोमवार तो मंगलवार बुधवार तीन दिन ये क्लास होगी डेली नहीं होगी सोमवार तो मंगलवार बुधवार मंडे ट्यूजडेडे मिला के मोटा मोटा ऐसे समझ लो बाबू कि वो संख्या जिसे हम p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो नंबर कहलाती है लेकिन यहां पर ध्यान रहे कि क्यू डज नॉट इक्वल जीरो इस तरह से लिख तो सकते हो लेकिन कभी भी क्यू जीरो के बराबर नहीं हो सकता है ठीक है क्यूँ कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता इसको थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए विस्तार से समझा दें फिर हम आगे बढ़े हाँ थोड़ा सा रुकना मैं इसको डिटेल में थोड़ा दिखाऊंगा समझिए साथियों जैसे बहुत सारे नंबर्स हैं आप कहोगे कि परमिया परमिय अंतर कैसे समझते हैं कैसे समझते हैं देखो आजकल लोगों के सिर्फ एक मुखौटा लगा होता है कहोगे कहा त्वरित तो न लगा है लगा है वास्तव में हम जो आपको कैमरे के सामने दिख रहे हैं, हो सकता वो ना हो हम्म हो सकता है हम आपको यहाँ बहुत सीधे फायदे दिख रहे हैं पढ़ा रहे हैं अच्छे से और अपने देश समाज में अपने अड़ोस पड़ोस घर परिवार में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा करते हो तो लोगों के मन में लोगों के दिल में हमारी वो छवि भी होगी जो हम खतरनाक वाली आते हैं है ना समझना मैं क्या बताना चाहता हूँ सुनना तो कहने का ये मतलब है कि एक प्रकार से मुखौटा लगा है जो आप यहाँ नहीं देख पा रहे हो क्लास में यहाँ सिर्फ अच्छा अच्छा देख रहे हो बस बुरा नहीं देख रहे हो कितने गंदे हैं गंदे नहीं है ऐसे समझा रहे हैं बस इतना भी गिरा मत समझ लो चलो समझो तो कहने का ये मतलब है तात्पर्य कि जो नंबर होती ना उस पर कोई प्रकार का अगर मुखौटा लगा है मुखौटा का मतलब ऐसे कोई प्रकार का जैसे वर्ग लगा है घन का चिन्ह लगा है तो अगर वो हट सकता है आसानी से यानी उसका वर्गमूल या घनमूल एक पूर्ण संख्या है अगर तब वो रेफनल नंबर होगी अन्यथाफिनल नंबर होती है कुल मिला ये जान लो कि अधिकांश सभी संख्याएं रेफनल ही होती हैं समझ रहे हो ना अधिकांश सभी संख्याएं परमीय ही होती हैं कुछ मात्र संख्याएं ऐसी हैं जो अपरमीय है बस बाकी जितना हम लोग पढ़ते लिखते अक्सर हर जगह परमीय संख्या ही मिलती है अपरमीय संख्या और परमीय संख्या में थोड़ा सा अंतर समझोगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा देखिए यहाँ से समझिए जैसे मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ समझना ये परमीय संख्या के इधर साइड में उदाहरण है देखिए अगर मैं डिटेल में समझाऊंगा अंतर दे के तभी समझ पाओगे अपरमीय आज के बाद ना आपको कभी इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगी ये हमारी गारंटी है लेकिन क्लास छोड़ के ना जाना छोड़ के ना जाना तुम वो हजार करके समझो प्रिय तो पान का मतलब क्या है मेरे साथी यहां देखो जैसे अगर मैंने लिखा सेवन तो सेवन क्या है यह एक रेफरल नंबर है क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं सेवन अपान वन और सेवन अपान वन को हम कह सकते हैं कि यह पी अपान क्यू के रूप का है बोलो कह सकते हैं कि नहीं बोलो हाँ ऐसा हम कह सकते हैं ना ये पी अपान क्यू के रूप का है लेकिन हमारे प्यारे साथी ये बताओ कि अंडरवुड क्या यह परमीय संख्या है हाँ यार नहीं बोलो मनीष जी कमेंट आ रहा है सरवेश रघुवीर सुरेश जाट सलमान और कौन है भाई हमारे पढ़ाई से सौ में नब्बे नंबर आए हैं अच्छा वेरी गुड और कोई एनी बताओ ये रेफनल है कि रेफनल है फटाफट ये बताओ बधाई हो सलमान जी बहुत बहुत बधाई बताइए देखिए सब बोल बोल रहा है है है है कुछ है है, ठीक कोशिश करो फिलहाल कोशिश करो कुछ भी कोशिश करो तुम कुछ भी करो हम्म देखो मैं बताता हूं इसे हम क्या कह सकते हैं ये एक नंबर है कैन राइट ऐसे लिख सकता ये ये ये बताओ भाई क्या के के बराबर है? ये P. P. Q. के बराबर है? है? बोलो नहीं है ना क्योंकि इसका जो वर्गमूल का चिन्ह है वो नहीं हट सकता है इसका जो वर्गमूल का चिन्ह है वो हट नहीं सकता कभी भी नहीं हट सकता ये हाँ हटेगा एक शर्त पे इसका जो भी वर्गमूल निकालने के बाद दसमल में आ जाएगा पॉइंट में तो तो पॉइंट में आ जाएगा तो जो संख्या पूर्ण घन या पूर्ण वर्ग नहीं है अगर उसके ऊपर वर्गमूल या घनमूल का चिन्ह लग गया है तो वह अपर संख्या है आपको जीवन में ऐसी संख्याएं सामने मिलेंगी बाकी में और कुछ मिलता नहीं ज्यादा ठीक है समझ में आया ना लेकिन आप कहोगे कि भैया फिर जिस पे वर्गमूल लग गया वो अपरमीय होती सभी क्या नहीं जिस पे वर्गमूल या घनमूल का चिन्ह लग गया वो सभी अपरमीय नहीं होती हैं इसमें भी कंडीशन है वोट पैंट पहन पहें लिया कोई दाढ़ी रखा लिया ना तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं कहलाएगा मोदी जी बनने के लिए पहले चाय बेचना पड़ेगा लोगों का विश्वास जीतना पड़ेगा है ना तब मोदी बनेगा कोई तो समझो इधर कैसे देखिए वर्गमूल का चिन्ह लग जाने से ही कोई अपरमीय नहीं होता है या परमीय नहीं होता है यहाँ पे समझिए जैसे अगर मैंने लिखा अंडरवूट फोर्टी तो ये तो अपरमीय नहीं है ये तो एक अपरमीय संख्या है नंबर है कहो कई कैसे चुतिया बना रहा इतना देर से बेवकूफ समझ रखा है ऐसे ऐसे कैसे कैसे भाई हम समझ परमीय है जिस पे वर्गमूल लगा एक बार कहता है ऐसे कैसे हम देखो ऐसा इसलिए है क्योंकि भाई इसका वर्गमूल निकल जाएगा बाबू प्लस माइनस साध न मतलब इसका जो वर्गमूल आ रहा है ना ये चीज ये वास्तव में ये परमीय नहीं परमीय उसका जो प्रोडक्ट निकल के आ रहा वो परमीय है लेकिन उधर वाले में ये समस्या थी कि उसका वर्गमूल पूरी तरह से निकल ही नहीं रहा था ठीक है आप लोग तो ये मुसीबत थी उसमें चलो समझो पूरी कहानी समझो डिटेल में समझो अच्छे से समझो तो हम लिख सकते हैं सेवन को क्या सेबन ये क्या है रेफनल नंबर है समझ गए ना आप लोग थोड़ा बहुत सिस्टम आज हैंग कर रहा है आप लोग समझने की कोशिश करिए और पढ़ते चलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए हमारी कोशिश है एक बेहतर से बेहतर हो क्लास तो हमें चलानी ही है ठीक है समझ में आया ना आ, सहाना जिसका वर्ग होता है वही अपर होता है नहीं नहीं जिसका वर्ग होता है क्या लिखा इन्होंने जिसका वर्ग होता है नहीं जिसका वर्ग होता है वो नहीं होता ऐसा बिल्कुल नहीं के लिए ये जान लो कि कोई भी नंबर वो वर्गमूल या घनमूल के चिन्ह के अंदर लिखी है लेकिन उसका वर्गमूल पूरी तरह से या घनमूल नहीं निकल सकता है तो वो है है। जैसे मान लो मैंने लिखा 101, ये ये है। है और लेकिन अगर मैं लिखूं भैया 100, तो बाबू। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल एक एक पूर्ण पूर्ण संख्या संख्या निकल जाएगी, एक पूर्ण संख्या प्लस माइनस आप 10 आएगा, लिख दिया 25 पंचे, 125 मान लो नहीं, 125, नहीं 124. अब एक सौ चौबीस का कोई भी घन नंबर नहीं होगा कि पांच आ जाएगा आठ आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा तो ये क्या है एक अपर संख्या है लेकिन अगर इसमें मैं लिख दू मेरे भाई मेरे साथी की एक सौ पच्चीस यहाँ पे तीन घात लगी मतलब घन है तो ये क्या है ये क्या है भाई ये क्या है बाबू ये परमीय संख्या है क्योंकि इसका जो घनमूल है वो प्लस माइनस पांच आ जाएगा पचम पचीस पंच एक सौ पच्चीस होता है ना ये क्या है ये परमीय है ये भी परमीय है लेकिन ये अपरमीय क्या है अपरमी है समझ गए ना बादल भरत भरद्वाज राम सुमन देवी पांडे सबको समझ में आ रहा है ना हो सकता है कुछ नाम मैं गलत बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत छोटा दिख रहा दूर में मैं बहुत नीचे घुस के उसमें देख नहीं रहा हूँ फिर भी आप समझ गए कि मैं आप ही को बोल रहा हूँ समझ में आ रहा ना छाप लीजिए बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने का टाइम नहीं है इसके बारे में जब हम लोग अगला सेमेस्टर में पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे बादल भरद्वाज देखो बाबू अभी देर में आओगे तो कुछ नहीं होने वाला है ठीक है देर में आओगे तो कुछ नहीं होने वाला है उसके लिए टाइम से आना पड़ता है क्लास में टाइम से आना पड़ता है क्लास का टाइम सोमवार मंगलवार बुधवार रात के दस बजे से सप्ताह में तीन दिन रात के दस बजे से अगर आप हमारे साथ जुड़ते हो तो हम बिल्कुल फ्री में आपको फर्स्ट सेमेस्टर का कम्प्लीट कोर्स पढ़ाएंगे सोमवार मंगलवार बुधवार तीन दिन सप्ताह में तीन दिन याद रखना रात के दस बजे ठीक है बाकी के चार दिन नहीं अगर आप पी स्टडी एप डाउनलोड करके ज्वाइन करते हो तो आप सातों दिन पढ़ सकते हो बीबीआर स्टडी एप में आप इस क्लास को सातों दिन पढ़ सकते हो रोज किसी दिन बंद नहीं चलो समझो आगे हाँ ये बताओ अगर कोई नंबर माइनस में है ये रेफनल है या इरेफनल है ये बताओ ये परमीय है या परमीय है अगर ये रेफनल है तो आप बोलो आई नहीं नहीं आई बोलोगे इरेफनल अगर रेफनल है तो बोलो आर आर का मतलब ये परमीय संख्या है इसका मतलब ये अपरमीय संख्या है बोलो क्या है? इंग्लिश सेंटर नींद आती है इस टाइम नींद ही तो एक ऐसी चीज है जो इंसान को बर्बाद करती है है ना आंखों में नींदे ना, दिल में करार ये मोहब्बत भी क्या चीज होती है यार मोहब्बत करना सीखो ना आंखों में नींदें नहीं आएंगी दिल में करार नहीं रहेगा चैन नहीं रहेगा सुकून नहीं रहेगा तो तुम्हें नींद कहां से आएगी नहीं आएगी इसके लिए कुछ जगाना पड़ता है इसमें अंदर में ऐसे नहीं पढ़ाई होती है बहुत नींद आती है देखे हो कि नहीं एक आदमी एक कहानी बताऊं मैं में तो दोस्त थे एक दोस्त को शादी में जाना था वो बोला भाई शादी चलेगा शादी थोड़ा गड़बड़ हो गया एग्जाम्पल मतलब सुबह दौड़ने जाना था ठंडी के महीना में कह रहा नहीं यार एक 104 डिग्री बुखार है मैं नहीं जाने वाला हूँ एक डिग्री बुखार है भाई ठंडी का महीना है कौन जाएगा सुबह दौड़ने कह रहा बहुत बुखार है तो ये मेरा उठने का हिम्मत नहीं है भाई था चलो तुम दौड़ना मत साथ में चले चलो नहीं यार मारेगा क्या मेरी हिम्मत नहीं है उसके बाद उसने क्या किया एक कोबरा निकाला भाई लिया था कहीं से कोबरा सांप। क्या किया? उसकी रजाई में डाला बोला देख चलेगा कि नहीं उठ के भागा मतलब उसको बुखार था कितना एक डिग्री बुखार था उठने का उसकी हिम्मत नहीं थी इतना ज्यादा पस् था लेकिन जब देखा कि कोबरा रजाई के अंदर आ रहा है तो वो मतलब समझ रहे हो खतरनाक सांप ऐसे वाला उसका बुखार उखारता भाग गया तो समझ रहे हो ना मतलब उस नींद उस तकलीफ से बड़ी तकलीफ आने वाली थी सामने तो आप इसको भी याद रखो नहीं पढ़ोगे ना तो अभी जो नींद आ रही ना आगे चल के नौकरी नहीं मिलेगी छोकरी छोकरा नहीं मिलेगा शादी ब्याह नहीं होगा देश परिवार समाज में सब मारेंगे फिर क्या होगा फिर कोबरा से ज्यादा बिसेला लोग डेंगे समझ रहे हो इसलिए नींद जो रही ना उसे समझाओ कि पीछे आने वाला और खतरनाक है ठीक ना समझ गए ना तो इसलिए नींद को समझाइए जिन लोगों को नींद आ रही 10 बजे अब बच्चे नहीं हो इसमें से अधिकांश बच्चे वाले होते हैं जो पढ़ते हैं हा? वो बच्चे नहीं होते हैं बड़े लोग होते हैं तो अगर तुम्हे भी नींद आ रही तो फिर अपने आने वाले बच्चों को क्या सिखाओगे अब हम्म आगे चले देखो समझो यहाँ पे मैंने कहा ये है अपर्मिय है इसका आंसर होगा ये नंबर है है क्या ये रेफनल नंबर है ये परमीय संख्या है समझ गए ना तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि कोई भी नंबर अगर ऋणात्मक है या धनात्मक है माइनस है या प्लस है कैसे भी है वो क्या है कैसे है वो वो परमीय संख्या होती है कुल मिला के मैंने आपको जो समझाया आप समझ गए होंगे मोटा मोटा ये समझ लो कि जो संख्या हाँ अंडर रूट या घनमूल या वर्गमूल के चिन्ह के अंदर में है और वो उसका वर्गमूल या घनमूल पूरी तरह से नहीं निकल सकता है फिर वही अपरमीय होती है लेकिन इसके थोड़ा डिटेल में जाएंगे तो और कुछ कहानी है लेकिन हम उसमें नहीं जाने वाले हैं एक चीज और समझ लीजिए जो पाई है ये भी क्या है अपरमीय संख्या है ये कैपिटल जी स्माल जी या जो भी संकेत वाले ये सब होते हैं ना सिंबल अगर कहीं मिलते हैं तो वो सभी क्या है अपर संख्या है रेफनल नंबर नहीं है ये जो भी सिंबल हैं कहीं भी अगर यूज होते हैं तो वो ही रेफनल नंबर है समझ गए ना आप लोग लेकिन हाँ एक चीज और समझना है यहां से भाई वो ये है क्या वो ये है एक चीज और मेरे भाई मेरे बाबू मेरे साथी कि इनका अगर मान दिया है और इनके बारे में चर्चा नहीं की गई है तो वो रेफनल नंबर हो सकता है जैसे पाई का कहीं मान दिया आपको पाई के बारे में चर्चा नहीं की गई है तो ऊपर में संख्या हो सकती है समझ गए ना तो ये था और इसके आगे अगर हम बात करें अब मेन अपनी धारा प्रवाह में चलते हैं जो हम लोग पढ़ने वाले थे उस पर चलो भाई दिखाओ दिखाता हूं मैं आपको आपने क्या क्या पढ़ा संख्या के बारे में पढ़ा संख्या दो प्रकार की होती है संख्या के दो लड़का बच्चा होता है एक वास्तविक होता, होता है एक काल्पनिक होता है वास्तविक का मतलब जो वास्तव में होता है हम्म काल्पनिक का मतलब जिसके बारे में हम सिर्फ कल्पना करते हैं होता नहीं है वास्तविक संख्या के दो संतान पैदा होती मान लो बच्चे पैदा होते लेकिन काल्पनिक संख्या के कोई नहीं होता निर्भसिया रह जाता वैसे हम्मविक संख्या के दो कौन कौन होते हैं वास्तविक संख्या के दो कौन कौन होते हैं एक परमीय संख्या होती है एक अपरमीय होती है ठीक है वास्तविक संख्या के कौन कौन होता है दो पार्ट होता है वास्तविक संख्या का एक परमीय होता है एक अपरमीय होता है ठीक है तो मैंने आपको परमीय परमीय भी पढ़ा दिया हम्म मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया वास्तविक पढ़ा दिया परमीय परमीय भी पढ़ा दिया काल्पनिक के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे भैया वास्तविक संख्या के भी दो तीन मुख्य भाग होते हैं वास्तविक के नहीं सॉरी परमीय संख्या के परमीय संख्या के मुख्य तीन भाग कौन कौन से होते हैं एक प्राकृतिक संख्या होती है एक पूर्ण संख्या होती है और एक पूर्णांक संख्या होती है समझ रहे हो ना आप लोग कि नहीं तो प्राकृतिक संख्या क्या है नेचुरल नंबर क्या है आपके सामने स्क्रीन पे देखो लिखा है प्राकृतिक नाम में बहुत कुछ बसा है बोलो बसा है कि नहीं भाई प्राकृतिक बोलने के बाद ही याद आ जाता है पेड़ पौधे पहाड़ पर्वत बन शेर हा? चीता हाथी भालू बंदर यानी वो संख्या जो आर्टिफिशियल नहीं है आर्टिफिशियल तरीके से नहीं बनाई गई है वो क्या है नेचुरल नंबर है वो क्या है प्राकृतिक संख्याएं? आप कहोगे क्या संख्या बनाने की भी कोई कारखाना है का? संख्या बनाने का भी कोई कारखाना चलता है का नहीं फिर भी जीरो की खोज की गई थी जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है एक प्रकार से इसे हम आर्टिफिशियल बोल सकते हैं क्योंकि इसकी खोज किया था कौन किया था भाई आप लोग बताओ जीरो की खोज किसने किया था रिजवान आलम बाबू आपका इंटरनेट सही नहीं है रिजवान आलम इंटरनेट सही कर लो तो परिभाषा स्क्रीन पे आपको दिख गई वह संख्याएं जो एक से शुरू होकर गिनती की ओर बढ़ती हैं उसे प्रकृति संख्याएं कहते हैं प्रकृति संख्या के संग्रह को कैपिटल एन से डिनोट करते हैं इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है मतलब एक से लेकर के अनंत तक कहाँ तक एक से लेकर के अनंत तक की जो संख्याएं हैं, वो क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, नेचुरल नंबर होती हैं। यहाँ पर टाइपिंग मास्टर ने थोड़ी गलती किया है जो उन्होंने लिखा है कि एक से शुरू होकर गिनती की ओर बढ़ती है ना गिनती की ओर बढ़ती है और, और मतलब और, आई, ये और, और नहीं ठीक है इसमें ज्यादा कुछ नहीं है आगे बढ़ेंगे अभी मेन जो समझने वाला है उसमें समझाएंगे अगला है साथियों पूर्ण संख्या जिसे बोलते हैं होल नंबर देखो बाबू आप लोग क्लास को लाइक करो नहीं तो ऐसे आत्मा बहुत दुखी होती है अंदर से ठीक है मजा नहीं आती बिल्कुल भी आप लोग लाइक नहीं करोगे और क्लास को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है अपने साथियों सहपाठियों में जितने भी आपके साथी लोग है ना सबको क्लास को शेयर करिए अगर आप शेयर नहीं करते हो ना तो हमारी अंतर आत्मा नहीं कहती मेहनत करने की क्योंकि बहुत मेहनत करना पड़ता है अगर कंटेंट बनाना है ना चीजों को समझाना है आपको समझाना है ना मेहनत करनी पड़ती है रातों की नींदें खोनी पड़ती है घर परिवार यार दोस्त गर्लफ्रेंड वाइफ हसबेंड से दूर रहना पड़ता है समझ रहे हो फिलहाल ये सब है नहीं वैसे बता रहा हूँ जिनके हैं वो ऐसा करते हैं समझ रहे हो तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है तो आप लोग थोड़ा तो इस त्याग का मतलब समझो कि कितनी मेहनत होती है इस क्लास के पीछे अभी कोई गाली दे रहा है कोई नंगा नाच दिखा रहा है कुछ मसालेदार तो उसको तुम लोग खूब शेयर करोगे देखो भाई देखो देखो हाँ, अभी मैं किसी को गरियाद दू थे से मोदी जी को यहीं पे तो तुम खूब शेयर करोगे देखो मास्टर बाबा गरिया होता है लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ तो उसको नहीं शेयर करोगे नहीं इसमें कुछ मजा ही नहीं है मजा ही लेते लेते आज का भारत का युवा क्या हो रहा है एक दूसरे की सजा बन जा रहा है तो भाई शेयर किया करो बाबू ठीक है क्लास को लाइक भी किया करो हम्म ठीक है और हाँ बेसिक जीरो लेबल मैंने लेबल बढ़ा दिया है अब आपका नए साल से इंटरमीडिएट और कंपटीशन की क्लासे रन करेंगी फटाफट अब जीरो लेबल सिर्फ संडे को आएगी जीरो लेबल सिर्फ संडे को आएगी रात के नौ बजे ठीक है आ, तो जीरो की खोज आर्यभट्ट ने किया था चलो जो लोग परेशान हैं आर्यभट्ट ने किया था आर्यभट्ट जी कहा के निवासी थे बताओ कहा तो अगला बात करते हैं प्र, प्रकृतिक संख्या के बाद में पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या क्या होती भाई जीरो तथा प्राकृतिक संख्याओं के सम्मिलित रूप को पूर्ण संख्या कहते हैं पूर्ण संख्याओं के संग्रह को डब्लू से प्रदर्शित करते हैं यानी जो ये नेचुरल नंबर थी ना इसमें जीरो को भी मिला देते हैं बस तो ये जो पूरी सभी संख्याएं बनती हैं, वो होल नंबर कहलाती है पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं ठीक है ठीक है आगे है पूड़ांक देखो ऐसे ऐसे खतरनाक है एटीकरा जीरो की खोज किसने किया था तो एटिकारा मोदी जी ने किया धन न हो प्रभु कहाँ हो आप मतलब मोदी जी को इतना बदनाम ना करो यार अभी मोदी जी वैसे भी बोल रहे थे कि बच्चों पहले परीक्षा में कठिन कठिन सवाल किया करो तो आफान वाले अपने आ जाएंगे लेकिन मोदी जी ऐसा तो बच्चों की सब लंका लग जाएगी कठिने प्रश्न में उलझे रहेंगे सरल वाला भी छूट जाएगा तो ऐसा नहीं होता है हम्म, ठीक है समझ गए ना अगला इंटीजर नंबर इंटीजर नंबर क्या होता भाई प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह में जीरो तथा ऋणात्मक या ऋण पूर्णांकों को शामिल करने पर जो संख्या बनती है वो पूर्णांक संख्या कहलाती है कुल मिलाकर के मोटा मोटा ये जान लो कि जो आप पूर्ण संख्या पढ़ रहे थे उससे एक कदम और आगे बढ़ना है बस जो आप पूर्ण संख्या पढ़ रहे थे उससे एक कदम और आगे बढ़ना है बस, ठीक है? पूर्ण संख्या से एक कदम और आगे का मतलब यह है कि पूर्ण संख्या में केवल प्लस वाली संख्याएं ली जाती थी और इसमें क्या होगा पूर्णांक में इसमें माइनस वाली संख्याएं भी शामिल हो जाएंगी ठीक है यानी पूर्णांक की बात ऐसे हो जाएगी कि माइनस आनंद से माइनस आनंद से लेकर के और प्लस अनंत तक की जितनी संख्याएं हैं सभी क्या होती, होती है पूर्णांक होती हैं यानी जो भी नंबर तुम्हें दिखाई पड़े कहीं सुनाई पड़े देश दुनिया में वो सभी क्या पूर्णांक चाहे वो ऋण में है चाहे वो धन में है चाहे जैसे पांच हो गया आ, प्लस कर नौ हो गया प्लस में तुम देख रहे हो अठारह बटा अड़तालीस है माइनस में एक बटा सात है माइनस में तीन बटा माइनस का नौ है ये सभी क्या है ये सभी पूर्णांक ये धन पूर्णांक है ऋण पूर्णांक धनपुराक है, है और नहीं ये भी धनपुर्णाक है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये इसमें कुछ समझना नहीं है नहीं हाँ यादव बिल्कुल सही ठीक है समझने वाला अब आएगा जिसमें समझना है वास्तव में इसमें समझना कुछ नहीं था ये समझने वाला आ गया ए सीधे आजा हम्म समझने वाला है समझने वाले में क्या है भाई संख्या क्या होती है इतना देर चिल्लाते चिल्लाते मुंह सूख गया लेकिन आप लोगों को थोड़ी तरफ नहीं आई कि क्लास को कम से कम लाइक तो कर दो और कुछ नहीं कर सकते हो तो संख्या की परिभाषा कई तरह से दिया जाता है वो संख्याएं जो कहते हैं दो जीरो से विभाज्य हो जाएं, कम कहलाती हैं, लेकिन हम इसको नहीं मानते ये थोड़ा कठिन है ये जीरो से विभाजित वाली थोड़ी कठिन है क्योंकि अगर कोई नंबर मान लो हम मानते हैं इनकी परिभाषा कि जो संख्या दो से विभाजित हो जाए वो सम होती है तो भैया ऐसे तो फिर हम लोग सम विषम पहचानने में बुढे हो जाएंगे हाँ नाती पोता आ जाएंगे पहचाने ना पाएंगे तब तक न? तो क्या करते हैं थोड़ा मॉडर्न जमाने का तरीका लगाएंगे अगर मैं ऐसे नंबर दे दिया और दो से भाग करने पर अगर बट जाए तो सम है अन्यथा भी सम है तो हम इनको दो से ऐसे भाग करेंगे तो सुबेर हो जाए हाँ इतना बड़ा नंबर को जब भाग करेंगे पूरा तो बहुत टाइम लग जाएगा ठीक है तो हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या वो संख्या जिसका लास्ट का अंक लास्ट डिजिट जीरो दो चार छ आठ इसमें से अगर कोई है तो वो सम संख्या है अन्यथा क्या है भी संख्या है समझ गए ना अनिल वर्मा अनिल वर्मा जी बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं हैं कि आप सफल हो आगे बढ़ें इन्होंने लिखा है कि गुरु आखिर गुरु होता है चाहे वो YouTube से पढ़ाया हो भाई ये तो एक माध्यम है यूट्यूब है ना हम लोगों के मिलने का जुलने का जुड़ने का एक माध्यम है इसमें यूट्यूब का एक माध्यम यही है एक डाकिया जैसे काम कर रहा है हा? लेटर भेज रहे हो वो जा रहा देख के आ रहा बस ना वो लेटर लिख रहा ना वो पढ़ रहा है तो वही हाल हम लोग का है रात के दस ग्यारह बज रहे हैं। है ना हुँ? हम लोग पढ़ रहे हैं सब टेक्नोलॉजी का फायदा उठाओ कुछ तो रंग कार्यक्रम देख रहा होगा मोबाइल में हम्म कुछ तो चुप पे देखने वाला देख रहा होगा घुस के कोनो अगला ना देख पाए अपना अपना है ना कहते हैं ना कर्म आज जो करोगे उसका फल कल मिलेगा कुछ तो डीएलएड की क्लास में रात 12 बजे हमारे साथ जुड़ा है लाइव कुछ मोबाइल में चुप पे से लाइव देख रहा है कुछ और वो तो जानेगा ना जो देख रहा है चलो छोड़ो सब हटाओ ठीक है तो ये क्या हो गया वो संख्याएं वो अंक सॉरी वो, वो संख्याएं जिनका लास्ट का अंक जीरो दो चार छ आठ है वो क्या है वो सम संख्या है तो मुझे ये बताओ मेरे भाई ये सम संख्या है बिसम संख्या है बिना भाग दिए आप जान गए ना ये क्या है इसको देखो एक नजर देखो मगर प्यार से 0, 2, 4, 6, 8 इसमें से है कुछ लास्ट में इसका लास्ट का अंक फोर है मेरे भाई क्या है 4 है मैंने कहा था कि अगर इसमें से कुछ भी है तो वो समसंख्या यानी ये संख्या क्या है समसंख्या है इस तरह से देख करके आप कुछ भी जान जाओगे ठीक है आरती मौर्य अगर पढ़ना है तो आज आपके लिए पहली क्लास है आरती मौर्या के जैसे जितने भी छात्रों के सवाल हैं बाबू भैया देखो ये पहली क्लास है कल जो पहली क्लास इसके पहले चली थी उसमें सिर्फ सिलेबस बताया था पढ़ाई की शुरुआत इसी क्लास से हुई है रोज नहीं सोमवार तो मंगलवार बुधवार रात के 10 बजे देखना सोमवार मंगलवार बुधवार रात के दस बजे तो से ये क्लास चलेगी बिल्कुल फ्री चलेगी एक घंटे से कम नहीं चलेगी एक घंटे से ज़्यादा ही चलेगी और 40 से 45 दिन में मान लो कि लगभग सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाए काफी ओवर हो रहा विषम संख्या के बारे में भी बात कर लेते हैं विषम संख्या, हाँ इसे बोलते हैं आड नंबर क्या बोलते हैं आर्ड नंबर इसे कैपिटल ओ से डिनोट करते हैं सम संख्या को बोलते हैं ईबेन नंबर नंबर बोलते हैं इसे ई से रिनोट करते हैं दिखाया था ना तो शायद संख्या क्या होती है भाई वो संख्या जिसका लास्ट का अंक वो संख्या जिसका लास्ट डिजिट वन थ्री फाइव सेवन नाइन होता है वो विषम संख्या कहलाती है ठीक है क्या होता है वो संख्या जिसका लास्ट का अंक अंतिम अंक क्या हो वन थ्री फाइव सेवन नाइन इसमें से अगर कुछ है तो वो क्या है विषम संख्या है समझ गए ना आप हुँ? मतलब भाग भाग नहीं करना वो सब जमाना पुराना है अगर हम भाग करेंगे तो इतनी बड़ी संख्या अगर हम आपको लिख के दे देंगे तो आप दिन भर भाग करोगे शाम तक करते रहोगे शाम को चार गाली देके बंद कर दोगे कहोगे हटाओ ऐसा मास्टर खतरनाक है सही नहीं है हुँ? बताओ भाग दोगे इतनी बड़ी संख्या को सोचो कितना देर लगेगा भाई दो मिनट लगेगा एक मिनट लगेगा आजकल भागम भाग मची है लोग कार छोड़ के ट्रेन में आए ट्रेन छोड़ के बुलेट ट्रेन खोज रहे हैं और तुम इसको भाग दोगे आज इस जमाने में बैठ के हाँ जो मूवी भरवाने के लिए हम लोग बचपन में मेमोरी लेकर के याद है साइकिल चला के चीज़ जाते थे बड़ी दूर दुकान पर ना पूरा दिन लग जाता था आज वो पाँच सेकेंड में मोबाइल मोबाइल में डाउनलोड हो जाती है जमाना कितना बदल गया है ना अरे पाँच सेकेंड में हो जाती नहीं मान लो पाँच मिनट में हो जाती पहले उसको करने में पाँच से ज़्यादा घंटे लग जाते थे तो भाई वो सब तरीका जो है बदल दीजिए समझ गए ना तो सम बिसम समझ गए ये क्लास एक घंटे से काफ़ी ज़्यादा की हो रही मुझे लग रहा है और बंद भी करना चाहिए है ना काफ़ी टाइम हो गया है इसके आगे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे दिखा देता हूँ एक नज़र देख लो स्क्रीन पर इसके आगे हम पढ़ेंगे भाज्य संख्या जिसे बोलते हैं कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या का एक दूसरा नाम योगिक संख्या भी है यौगिक योगी नहीं योगीक। अरे वो विज्ञान वाला योगीक नहीं, जिसे कंपाउंड बोलते हैं यहाँ कंपोजिट नंबर होगा ठीक है इसके बाद अगला हम लोग इसमें पढ़ेंगे शाहभाज्य नहीं शाहभाज्य के पहले अभाज्य पढ़ेंगे प्राइम नंबर जिसे रूढ़ संख्या कहते हैं ये सब अगली क्लास में पढ़ेंगे याद रखना शाह संख्या संख्याएं पढ़ेंगे को प्राइम नंबर ऋषभ मिश्रा जी गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग मनीष स्वाति अनुपम सुरेश कुमार राघवेंद्र राम सुमरेन सुमरन आने लगा पढ़ने मुझे चलो मुकेश चौहान गर्ल गैलेक्सी प्रियंका कुमारी मधु यादव मोनिका सुमन कुमार ठीक है सबका कमेंट आ रहा मुझे सबका दिख रहा है लेकिन कोई मुझे भी तो देखो ना संख्या ये तो मैंने पढ़ा ही दिया आपको ये तो मैंने पढ़ाई दिया है तो ये सारी चीजें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे साथियों कल मंगलवार को रात के दस बजे से ग्यारह बजे के बीच में बुधवार को भी पढ़ेंगे उसके बाद फिर आपको इंतजार करना है रिवीजन करते रहना है अगले सप्ताह फिर से हम तीन दिन पढ़ाएंगे ठीक है अभी सिर्फ तीन दिन हाँ जिनको सातों दिन पढ़ना है सातों दिन की क्लास उपलब्ध है आप पी स्टडी एप डाउनलोड करिए पी वी आर स्टडी एप्स में आपको सातों दिन क्लासें मिलेंगी आप जाकर के फर्स्ट सेमेस्टर का कोर्स एनरोल करिए ठीक है सातों दिन आपको क्लासे मिलेंगी रोज बाकी YouTube पे देखना हमारे साथ तो देखते रहिए सप्ताह में तीन दिन कोई दिक्कत नहीं मनीष जी बिल्कुल सब पढ़ाएंगे कल सब पढ़ाएंगे रिजवान आलम बाबू देखो ये मैथ है ये पी में समझ में नहीं आता है ठीक है रिजवान आलम है आपकी चले गए मैथमेटिक्स से ये ये गणित है भाई इसमें हम आपको पीडीएफ में दे दिया दिया बताओ बच्चा चलो मैंने छाप भाज्य संख्याएं हैं ऐसे दे दिया ये भाज्य संख्या है ये भाज्य संख्या है हा? ये भाज्य संख्या आप तुम कैसे जानोगे इसकी भाज्य संख्या की परिभाषा क्या है कैसे समझेंगे नहीं समझ पाओगे आप पी में भाज्य संख्या हम्म आप लोगों से एक आग्रह है अनुरोध है आ? कि आप इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके शेयर करेंगे जितने ज्यादा लोग देखेंगे ना उतनी अंतर आत्मा को खुशी मिलती है थोड़ा और बेहतर करने की एक चाहत होती है लेकिन अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे व्यूज बहुत कम आते हैं तो बिल्कुल दिल नहीं करता अंदर से और यूट्यूब पे टोटल फ्री है ठीक है यूट्यूब पे टोटल फ्री है पी स्टडी ऐप के अंदर भी फ्री क्लास है लेकिन इसमें प्रीमियम क्लास भी है आपको पता है ये लाखों का हम लोग सेटअप लगाते हैं जो आप तक क्लास पहुंचती है ठीक है ब्रॉडबैंड इंटरनेट दो तीन लगे हुए हैं मोबाइल का रिचार्ज इतना महंगा हो गया ब्रॉडबैंड में हम लोग को बिना मतलब का हर महीना तो रिचार्ज करना पड़ता है क्योंकि इंटरनेट बीच में एक बीस सेकेंड के लिए कटना नहीं चाहिए ये आपकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती बहुत सारी चीज़ें हैं भाई यहाँ आप पर आपके आगे पीछे लोग वर्क करते हैं उनको भी हमें देखना पड़ता है इसलिए इसमें प्रीमियम क्लास भी होती अगर आप चाहें तो उसे ले सकते हैं नहीं चाहें तो कोई ज़बरदस्ती नहीं है यूट्यूब पर हमारे साथ देखते रहें ऐप के अंदर फ्री वाला क्लास भी है जाके आप एनरोल करें फ्री वाला ही जाके देखो एप्लीकेशन में ठीक है उसमें इकट्ठा मिल जाएगी यूट्यूब पेक मिलती है बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को दिल से धन्यवाद शेयर जरूर करना भाई करोगे ना पक्का शेयर करोगे ना चलो